किसी ने क्या खूब कहा है पहले गुस्साया फिर फूट कर रो दिया पहले गुस्सा फिर फूट कर रो दिया नरम धरती ने नरम धरती ने आसमा में प्यार बो दिया आप सभी सुन रहे हैं संजीव हंस को एक नई कहानी के साथ सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम और सा की यात्रा के दौरान शाम हो जाने के कारण एक भयानक वन में रात्रि विश्राम के लिए ये निश्चय करके रुके कि दो दो घंटे के लिए बारी बारी से पहरा देंगे उस जंगल में बहुत भयानक राक्षस रहता था जब की पैरा दे रहा था तो उस राक्षस ने उसे छेड़ा भला बुरा कहा उनका युद्ध हुआ वो पराजित होकर जान बचाकर बलराम जी के पास आकर छुप गया बलराम जी को भी राक्षस ने बहुत उकसाया उसके बाद उनका भी युद्ध हुआ बलराम जी ने देखा कि राक्षस की शक्ति तो बढ़ती ही जा रही थी तब उसने श्री कृष्ण जी को जगाया राक्षस ने उन्हें भी छेड़ा अपशब्द कहे उकसाया तब श्री कृष्ण ने राक्षस को कहा कि तुम बहुत भले आदमी हो तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ रात अच्छे से कट जाएगी तब राक्षस हंसकर पूछा मैं तुम्हारा दोस्त कैसे श्री कृष्ण बोले भाई तुम अपना काम छोड़कर मेरा सहयोग करने आए हो। हो तुम सोच रहे हो कि मुझे आलस्य न आ जाए, इसलिए हंसी मजाक करने आए हो राक्षस ने उन्हें बहुत छेड़ने उकसाने की कोशिश की लेकिन वह हंसते ही रहे परिणाम यह हुआ कि राक्षस की ताकत घटने लगी और देखते ही देखते एक छोटी सी मक्खी जैसे हो गया उन्होंने उसे पकड़कर अपने पीताम्बर में बांग लिया श्री कृष्ण ने कहा दोनों से कहा कि ये राक्षस कौन है तब उन्होंने बताया कि इसका नाम है आवेश मनुष्य के अंदर भी यह आवेश क्रोध का राक्षस घुस जाता है मनुष्य उसे जितनी हवा देता है उतना ही वह दोगुना तिगुना और चौगुना होता जाता है उस राक्षस की ताकत तभी घटती है जब इंसान अपने आप को संतुलित रखता है हर समय मुस्कुराता रहता है क्रोध रूपी राक्षस की जितनी उपेक्षा करोगे वह उतना ही घटता जाएगा और जितना बदले की भावना रखोगे उतना ही वह बढ़ता जाएगा तो अतः कहानी का सार ये है आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना घर परिवार पड़ोस सभी जगह पर ना होने जैसी बातों पर भी हम आवेश में आ जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं हम सोचते हैं हम सामने वाले से गुस्सा होकर उसे सजा दे रहे हैं पर ऐसा नहीं है गुस्से में सबसे ज्यादा नुकसान हम अपना स्वयं का ही करते हैं हमारी गुस्से के दौरान मन की स्थिति अव्यवस्थित होती है जिसके असर हमारे तन पर और मन पर भी होता है जिससे हमारी दड़कन की हृदय गति तेज हो जाती है हमारा बीपी भी बढ़ जाता है और बहुत कुछ होता है और इन सब के कारण हम काफी लंबे समय तक अशांत रहते हैं तो गुस्से में हमने नुकसान किसका किया तभी तो मैं कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कोई ना करे जो तुम जैसा फिर मिलते हैं एक अगली और नई कहानी के साथ संजीव हंस के साथ आपका दिन मंगलमय हो